राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के प्रमुख दिग्विजय सिंह के भाई कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने ही भारत जोड़ो यात्रा को कटघरे में खड़ा कर दिया है और शीर्ष नेतृत्व से जवाब मांगा है बल्कि बड़पुरी ऐसी भाजपा ने स्वाभिमान यात्रा निकाली यह यात्रा किसानों व युवाओं के स्वाभिमान को समर्पित थी इस यात्रा में भाजपा नेताओं ने जिले के किसान व युवाओं को इस देश के विकास का भागीदार बताया और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को भारत तोड़ो यात्रा कहा भाजपा नेताओं ने कहा इसी कांग्रेस ने उन्नीस में भारत को जोड़ा नहीं भारत को तोड़ दिया था अब भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं भाजपा नेताओं ने कहा आगामी चुनाव में कांग्रेस सांसद नकुलनाथ नहीं भाजपा का कार्यकर्ता से से सांसद बनेगा। हमारे हमारे हमारे के है और नेता छिंदवाड़ा ऐसी वो खबरें